जो सबकी टालकर मेरी सुने वो चाहिए वो नहीं जो मेरी टाल दे के जो सबकी टालकर मेरी सुने वो चाहिए वो नहीं जो मेरी बात टाल दे और अगर उसके दिल में कोई इतना सा भी है तो वो मुझे अपने दिल से पूरी तरह निकाल दे